बात मैं बात करने वाली हूं बिग जी हाँ अब्दू रोजिकोजिक है और इनकी उम्र मात्र उन्नीस साल है ये एक बेहतरीन सिंगर है और इन्होंने पहले ही सलमान खान का दिल जीत लिया है जी हाँ सलमान खान की अब फिल्म किसी का भाई किसी की जान में अब्दू ने भी काम किया है बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सबसे अलग इस शो का हिस्सा बना हो अब बस देखना यह बाकी है कि बिग बॉस 16 में अब कब तक टिक पाते हैं और दर्शकों का दिल कैसे जीतते हैं अपने अलग अंदाज से ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ दखन पर